हेलो फ्रेंड्स क्या आपको फोन पे का अकाउंट ओपन करना है फोन पे के साथ आपका जो बैंक अकाउंट है उसे लिंक करना है वो किस तरह से करना है वहां पर आपको किस तरह से अकाउंट ओपन करना है अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए इसका फुल प्रोसेस मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो फ्रेंड्स सबसे पहले जानते हैं कि आपको फोन पे में अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या चाहिए तो फ्रेंड्स आपको फोन पे में अकाउंट लिंक करने के लिए आपके पास सबसे पहले एक बैंक अकाउंट होना चाहिए उसके बाद आपके पास उस बैंक अकाउंट से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए और थर्ड में आपको जो बैंक है उसका ए कार्ड या ए कार्ड का जो भी नंबर होता है पासवर्ड रहता है और एक्सपायरी डेट होती है वो आपके पास होनी चाहिए और उस उस ए के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है और मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए तो फ्रेंड्स ये सभी चीजें आपके पास होगी तो आप फोन पे में आपका जो अकाउंट है इसे ओपन कर सकते हो तो फ्रेंड्स आपको फोन पे में किस तरह से अकाउंट ओपन करना है इसका फूल प्रोसेस मैंने आगे, आगे आपको इस वीडियो में बताया है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और फ्रेंड्स आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाइए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में साइड में दिए आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे ऐसे नई नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो प्ले स्टोर में जाना है प्ले स्टोर में जाने के बाद वहां पर सर्च करना है फोन पे फोन पे जैसे आपके सामने आ जाएगा तो आपको इसे आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है इंस्टॉल करने के बाद आपके मोबाइल में ये ऐप से कुछ इस तरह से दिखेगा तो आपको इसे ओपन करना होगा तो फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आप फर्स्ट टाइम यहां पर अकाउंट बना रहे हो तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा तो फ्रेंड्स आपको यहां पर आपका जो मोबाइल नंबर है बैंक से लिंक वो मोबाइल नंबर आपको यहां पर इंटर करना है तो फ्रेंड्स जो मोबाइल नंबर आप डाल रहे हो वो मोबाइल वो मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए और आपके पास अभी अवेलेबल भी होना चाहिए तो फ्रेंड्स में मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करता हूँ उसके बाद हमें नीचे प्रोसीड पर क्लिक करना होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर उनको कुछ परमिशन देनी होती है तो हम यहाँ पर अलाव करेंगे तो फ्रेंड्स हमारे मोबाइल नंबर पर उनकी तरफ से एक ओ आएगा तो देखिए फ्रेंड्स ये ऑटोमेटिकली ओ वेरीफाई हो चुका है अब हमें यहाँ पर ऐप्स को कुछ परमिशन अलाव कर देना है परमिशन अलाउ करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा तो फ्रेंड सबसे फर्स्ट में देखिए यहाँ पर हमें ऐड बैंक अकाउंट आ गया है तो अब हमें बैंक अकाउंट ऐड करना है तो अब हमें यहाँ पर ऐड बैंक पर क्लिक करना होगा जैसे हम ऐड बैंक पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा यहाँ पर आने के बाद हमें जो भी बैंक ऐड करना है उस बैंक का नाम यहाँ पर इंटर कर देना है तो फ्रेंड्स मेरा यून पेमेंट बैंक है ये बैंक एक जो हमारा पैन कार्ड आधार कार्ड जो बनाता है यून उसके साइड का जो एक बैंक है उन्होंने एक बैंक लॉन्च किया था उसी में मेरा अकाउंट है तो फ्रेंड्स आप यून का बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मैं आपको इसका फुल प्रोसेस बता दूँगा तो फ्रेंड्स आपको बैंक ऐसे चॉइस कर लेना है चॉइस करने के बाद आपके जो सिम में वो यहाँ पर चेक किया जाएगा तो देखिए अगर फैक्चिंग अकाउंट लिंक विथ इस मोबाइल नंबर से मेरा बैंक अकाउंट लिंक है तो देखिए फ्रेंड्स मेरा जो बैंक है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है तो फ्रेंड्स मेरे बैंक का नेम आई पी कोड पूरी डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुकी है तो फ्रेंड्स नीचे देखिए रिसेट पिन तो फ्रेंड्स मेरा पहले से ही यहाँ पर एक अकाउंट लिंक था तो आपको यहाँ पर आएगा सेट पिन तो आपको सेट पिन पर क्लिक करना होगा जैसे आप सेट पिन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो डेबिट कार्ड है और डेबिट कार्ड के जो लास्ट के छः डिजिट होते हैं वो तो आपको यहाँ पर इंटर करने उसके बाद आपके डेबिट कार्ड में जो एक्सपायरी मंथ और ईयर्स होता है वो ईयर्स आपको यहाँ पर इंटर कर देना है तो फ्रेंड्स मैं मेरे डेबिट कार्ड की जो डिटेल्स है वो अभी यहाँ पर फिल करता हूँ तो फ्रेंड्स देखिए मेरे मेरी डेबिट कार्ड की जो भी डिटेल्स है वो डिटेल्स यहाँ पर फिल कर दिए अब हम नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स अभी हमारा जो मोबाइल नंबर है इस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा जो कि हमारे डेबिट कार्ड से लिंक होगा तो हम यहाँ पर अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक ओ आ चुका है वो ओ अब हम यहाँ पर फिल करेंगे उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे सेट यूपीआई पी आई पिन यहाँ पर हमें एक पिन सेट करना होता है जो कि जब भी हम किसी को पेमेंट भेजते हैं वो फोर डिजिट का जो पिन होता है वो पिन हमें यहाँ पर सेट करना पड़ता है तो फ्रेंड्स आप एकदम पिन एकदम स्ट्रांग फिल कीजिए ताकि आपका पिन किसी को भी पता न चले तो देखिए फ्रेंड्स हमने एक बार पिन डाल दिया फिर इसे यहाँ पर दोबारा आ चुका है कन्फर्म कन्फर्म पिन तो हम दोबारा वही पिन फिल कर देंगे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग ले रहा है तो देखिए फ्रेंड्स यू पी आई पिन सक्सेसफुली यहाँ पर देखिए अकाउंट एडेड हमारा जो यू पी पिन है वो सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड हो चुका है तो अब हमें नीचे डन पर क्लिक करना होगा तो फ्रेंड्स हमारा जो फोन पे अकाउंट है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है अब आपको बैलेंस चेक करना होगा तो आपको यहाँ पर देखिए चेक बैलेंस दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर तो आपको उस पर क्लिक करना होगा तो देखिए फ्रेंड्स मेरी जो बैंक हमने अभी लिंक की थी वो एन की बैंक यहाँ पर आ चुकी है अब हम उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा जो बैलेंस है वो बैलेंस आपके सामने शो हो रहा है तो अब हम नीचे डन पर क्लिक करेंगे और आपको इसमें कुछ भी चेंजेस करने हो या आपको पिन रिसेट करना हो तो आप सीधा यहाँ पर आपके प्रोफाइल पर जा सकते हो प्रोफाइल पर जाने के बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट देखिए एन का बैंक अकाउंट है आप उस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर देखिए रिसेट एंड चेंज लिखा है आपको पिन चेंज करना हो तो आप चेंज पर क्लिक कर सकते हो या आप पिन भूल गए हो तो आप रिसेट पर क्लिक करके आपकी जो डेबिट कार्ड की डिटेल्स है और डिटेल्स डाल के आप दो बार से पिन हो तो फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से पता चल गया कि आप फ़ोनपे में आपका न्यू अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हो और फ्रेंड्स आपने गूगल पे का अकाउंट नहीं बनाया तो मैंने गूगल पे के ऊपर भी एक वीडियो बना के रखा है चाहे तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो उस वीडियो को देखने के लिए आपको मेरे YouTube चैनल पर जाके वहां पर आपको वीडियो मिलेगा आप उसे देख सकते हो और फ्रेंड्स आपके मन में कुछ भी सवाल क्वेश्चन हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे तो फ्रेंड्स आपको अकाउंट ओपन करते समय हमारे वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो जाते समय हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाइए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेलाइकॉन को भी दबाइए ताकि हमारी ऐसी नई नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद टाटा बाय बाय फ्रेंड्स